रह सकती हूँ पर क्यों क्योंकि तुम बहुत काले हो पर बेबी सुनो तो ये कौन है ये मेरा नया बॉयफ्रेंड है